नाल कोई हल ही नहीं आज भी तो आया तू और कल भी नहीं चिट्ठिया भी पाइं मैं तूा बाल तेरी फोटो सौ सारी कुड़े मैं देना तेरी फोटो सौ सारी कुड़े के उल् दे तूफान सिने सारी कुड़े के उल दे तूफान किस्मत बदल दी देखी मैं जग बदल देखया मैं बदल देखे अपने मैं बदलद बदलता देखया मैं बदल देखे अपने मैरब बदलता देखा <स्युंत> सब कुछ बदल गया मेरा सब कुछ बदल गया मेरा चल <स्युंत> चल मैं मेथ तेरा मन भरया मेनू छेती छे मैं तो ठीक नहीं तेरे मन भरिया बदल गया सारा बे तू मैनू छद जा तुर आ मैं तुर आ बड़ा नवे खुजावे तो मुड़िया तो बी मेरे पद कने जुड़ते मैं रवा तेरे नाल जुड़िया मैं बाहू दस सोने प्यार भी नहीं ज़िन्ना मेरा तोड़ दूना मेरा तोड़ दा तस्वीर सतू निकल के सामने आ, देरिया सोचा दे बच्च मैं पागल हो गया